नमस्कार हार्दिक स्वागत व अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल एस्ट्रोवित आशीष पे अक्टूबर माह कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है इस पर हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ अक्टूबर माह को आप कैसे प्रभावी बनाएं? क्योंकि इस माह में जो है दीपावली का पर्व पड़ रहा है माँ लक्ष्मी का जो है विशेष जो है इस माह में जो है कृपा रहती है तो अंत तक बने रहिएगा दर्शकों हमारे साथ कुछ ऐसे प्रयोग चुनिंदा प्रयोग हम आपको बताएँगे जो कि कहीं और आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा आगे बढ़े दर्शकों से पहले बताना चाहेंगे उन्नीस और बीस अक्टूबर को दिल्ली में याद आप हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फोन या व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वार्षिक राशिफल 2020 भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लीजिए कुंभ राशि के जातकों का पड़ा हुआ है आप लोग जा के देख सकते हैं आगे बढ़ते दर्शकों इस माह में कौन कौन से व्रत एवं त्यौहार हैं इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं तो दो अक्टूबर बुधवार दिन रहेगा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और महात्मा गांधी जी की भी जन्मदिवस रहेगा छः अक्टूबर रविवार दिन रहेगा और महाअष्टमी पूजा रहेगी सात अक्टूबर सोमवार दिन महानवमी रहेगी और इसी दिन पारण होगा आठ अक्टूबर को दशहरा रहेगा और दुर्गा विसर्जन भी, भी इसी दिन रहेगा 9 अक्टूबर को पापा कुंशा नामक एकादशी का व्रत रहेगा वहीं 11 अक्टूबर शुक्ल पक्ष का जो है प्रदोष व्रत रहेगा 13 अक्टूबर रविवार रहेगा शरद पूर्णिमा रहेगी और इस दिन ही वाल्मीकि जयंती है 17 अक्टूबर गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रहेगा 21 अक्टूबर सोमवार दिन रहेगा अहोई अष्टलक्ष्मी व्रत वही चौबीस अक्टूबर को गुरुवार दिन रहेगा रमा एकादशी व्रत रहेगा पच्चीस अक्टूबर शुक्रवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा कृष्ण पक्ष और धनतेरस अंत तक बने रहिएगा दर्शकों बहुत चुन चुन के उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं राशि के जात को छब्बीस अक्टूबर शनिवार दिन रहेगा नरक चतुर्दशी सत्ताईस अक्टूबर संडे दिन रहेगा दीपावली का पर्व और लक्ष्मी का पूजन भी रहेगा वही 28 अक्टूबर सोमवार को गोवर्धन पूजा रहेगी 29 अक्टूबर मंगलवार दिन भैयाद्वीजी और विश्वकर्मा जी की जयंती भी रहेगी दर्शकों इस माह की ग्रही गोचर व्यवस्था क्या है आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक चार्ट बन के आया है और हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधान जन्म राशि ना चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरें जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न ना चिंतित तो शास्त्र भी कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए तो आप लोग चार्ट देखिए स्क्रीन पर आपके जो लग्न के मालिक शनि हैं शनि आपके इनकम के घर में जो है केतु के साथ गोचर कर रहे धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति कर्म के जो है घर में वृश्चिक राशि में आपके जो है चलायमान है बुद्ध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भाग्य के घर में बना हुआ है तो कुंभ राशि के जात को काफी सकारात्मक रहने वाला है भाई छः नंबर जहाँ आप देख रहे कन्या राशि में सूर्य मंगल की युति जो है बनी हुई है राहू आपके पंचम स्थान में उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं तो इन्हीं सब के आधार पर चंद्रमा को मानक मान लिए हैं इन्हीं सब के आधार पर अक्टूबर माह का राशिफल दशकों तैयार किया गया है दर्शकों यदि तो यात्राओं में, या में असुविधा तथा हानि होगी मान सम्मान तथा आपके प्रतिष्ठा पर कोई आच आती हुई दिखाई पड़ रही है आपका खान पान बिगड़ेगा कार्य सुचारू रूप से नहीं होंगे जो यहाँ पर देख लीजिए सप्तम स्थान के लॉर्ड बनते हैं सूर्य सूर्य यहाँ से छठे में आ गए तो चोट चपेट इत्यादि भी आपको लग सकती है वाहन वगैरह सावधानीपूर्वक आपको चलाना पड़ेगा वहीं एक बात बताना चाहेंगे सत्रह तारीख को सूर्य देव नीच के हो जाएंगे जाएंगे ये भाग्य के घर में तो सत्र तक की आपको बहुत अपने आप को संभालना रहेगा धर्म तथा शास्त्रीय संबंधों में जो है आपकी निपुणता रहेगी प्रवीणता रहेगी ज्योतिष के प्रति आपका जो है रुझान बढ़ेगा आपको अपने सगे संबंधियों से कुछ ज्वेल्सी रहेगी जलापा रहेगी आपका कार्य सुचारू रूप से नहीं होगा जिससे मन में आपके कष्ट होगा वहीं इनकम का कोई ऐसा सोर्स आएगा कि आपको एक से अधिक इनकम दे जाए आपकी पढ़ाई में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे एग्जाम्स वगैरह यदि हैं तो अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कार्य क्षेत्र में भी आपके कुछ यहाँ पर हमको जो है प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उच्चाधिकारियों से बात विवाद इत्यादि हो सकती है वहीं 4 से 17 अक्टूबर तक आपको आरोग्य सुख रहेगा आपकी आकांक्षाओं तथा इच्छाओं की पूर्ति होगी आपको बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होंगी खास करके कोई वाहन इत्यादि भी क्रय कर सकते हैं अपेक्षाकृत अधिक लाभ आप लोग पार जो है मतलब प्राप्त करेंगे शासकीय माध्यम से आपके भाग्योन्नति होती हुई दिखाई दे रही है भाई बहनों में स्नेह तथा सहयोग होगा आपको आ, मतलब लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेंगी जी हाँ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे शनि जो बैठा है एकादश स्थान में केतु के साथ है तो आपको किसी ऐसे लोगों को पैसा नहीं देना है कैश में नहीं देना है कि भविष्य में आपको वापस ना करें कोई भी अमाउंट या कहीं भी साइन करने से पहले एक बार पेपर वर्क को अच्छे से कर लीजिएगा पढ़ लीजिएगा फिर कहीं आप लोग साइन करिएगा वही शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है उच्चाधिकारियों द्वारा आप जो है परितोषक के हकदार होंगे आपको कोई इनाम मिलेगा इसके साथ साथ उच्च अधिकारियों का भरोसा आपके ऊपर कुल मिलाकर के बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राहु देव जो यहां पर बैठे हुए हैं पंचम स्थान में पंचम से पंचम देखिए दृष्टि दे रहे हैं और यहां पर सूर्य देव जब सत्रह तारीख को आ जाएंगे तो भाग्य में कुछ यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई पड़ रही है आपका आत्मविश्वास कुछ गिरेगा आप रोगग्रस्त हो सकते हैं किसी प्रियजन से अलग रहेंगे वरिष्ठों तथा मित्रों के साथ आपका विरोध होगा अगर आप कुछ भी सही बोलेंगे लेकिन लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे पदोन्नति में अथवा कार्य परिवर्तन में अवरोध बना रहेगा दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी आती हुई दिखाई पड़ेगी क्योंकि जो यहाँ सप्तम स्थान के लॉर्ड है राहू से इनका दृष्टि संबंध बन रहा है तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे कोई राज की बात आपके जो है पत्नी को पता चल सकती है जिसके कारण घर में कलह का जो है वातावरण बना रहेगा घर परिवार में भी बहुत कुछ अच्छा रहने वाला नहीं है दर्शकों छोटे भाई बहनों के साथ आपके बाद विवाद बनेंगे और बड़े भाई बहनों के साथ भी बनेंगे जो आप एकादश स्थान देख रहे हैं ये बड़े भाई बहनों का है और जो यहाँ पर आप देख लीजिए कुंडली में एक नंबर लिखा तृतीय स्थान ये छोटे भाई बहनों का है तो बड़े भाई बहनों और छोटे भाई बहनों के साथ आपका वाद विवाद होगा लेकिन दर्शकों 22 तारीख के बाद से स्थितियां सब नॉर्मल होंगी अपने व्यवहार में आपको कुछ संयम रखना होगा कुछ बिगड़े काम आपके बनेंगे कुछ सोची या जो है योजनाओं में कुम्भ राशि के जातकों को कामयाबी प्राप्त होती हुई नजर आएगी मांगलिक कार्यों में जो है अधिक आपका खर्च होगा नए कार्य की योजना बनेगी परंतु क्रियान्वयन में उसके थोड़ी सी देरी रहेगी प्रॉपर्टी में यदि कोई इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा रुक जाइएगा वहीं आप कोई नया वाहन इस माह क्रय करते हुए नजर आएंगे क्योंकि देखिए आपके जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र भाग्य के घर में लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं तो यहाँ पर कोई वाहन इत्यादि आप क्रय कर सकते हैं कोई जमीन का टुकड़ा आप क्रय कर सकते हैं कोई फ्लैट प्रॉपर्टी इत्यादि में आप निवेश कर सकते हैं आपको कुछ घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इस माह आर्थिक असंतुलन रहेगा जी हाँ दर्शकों आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा आप असंतुलित रहते हुए नजर आएंगे जिसके कारण आप चिड़चिड़े होंगे गुस्सा बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में अपनी वाड़ी पर थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा एक बात और बताना चाहेंगे कि आप वाहन इस दौरान सावधानीपूर्वक चलाइएगा अन्यथा चोट चपेट इत्यादि लग सकती है यदि आपके स्वास्थ्य में जो है कुछ गड़बड़ी आती है तो तुरंत चिकित्सीय परामर्श जरूर लीजिए अब आते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर हमारा अंतिम पड़ाव है उपाय सेगमेंट का लेकिन उपाय पर आगे बढ़े आपको बता दें कि अक्टूबर माह के सबसे ज़्यादा लकी कलर आपके लिए कौन से रहेंगे तो लकी कलर आपका रहेगा आसमानी ब्ल्यू ब्लैक कलर आपके लिए रहेगा और ब्राउन कलर आपके लिए अच्छा रहेगा ग्रे कलर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं वहीं सबसे ज़्यादा लकी नंबर आपके लिए कौन से रहेंगे तो चार नंबर और नौ नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहेंगे आपके लिए अनुकूल दिशा इस माह कौन सी रहेगी तो वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा अनुकूल रहेगी अब इस माह की कुछ शुभ दिवस हैं हम आपको बता रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिए तो दो तारीख पाँच तारीख सात तारीख उसके बाद जो है छः तारीख उनतीस तारीख इकतीस तारीख ये आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे लेकिन प्रतिकूल दिवस ज्यादा रहेंगे तो नौ तारीख ग्यारह तारीख चौदह तारीख सोलह तारीख उन्नीस तारीख इक्कीस तारीख और तेईस तारीख इतने प्रतिकूल दिवस आपके रहेंगे इसमें आपको अपने आप को बचा के रखना है अपने आप को सेफ करना है किसी के आगे आप एक्सपोज ना हो अब दर्शकों चलते हैं दीपावली से जुड़े हुए दिव्य प्रयोग के ओर तो आपको प्रयोग क्या करना रहेगा कि जिससे पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा कुंभ राशि वाले आप पर बने और आप कुंभ राशि के हैं तो सिर्फ आपको ही उपाय करना है अपने घर में सबको मत बताइएगा तो कुंभ राशि के जातकों करना क्या रहेगा आपको एक सफ़ेद वस्त्र लेना है और केसर जो है आप ले लीजिएगा केसर से उस वस्त्र पर आपको एक स्वास्तिक बनाना रहेगा स्वास्तिक बनाने के बाद आप लोग मार्केट से एक स्फटिक का संयंत्र ले आइए स्फटिक जी हाँ वीनस का इस पर आधिपत्य रहता है शुक्र का रहता है स्फटिक लाइए और उस वस्त्र पर आपको इस फटिक को रखना है सात इलायची रखिए सात फूल दाल लौंग रखिए सात गोमती चक्र रखिए और 11 कमल गट्टे के दाने रखिए इन सभी सामग्री को एक जगह रखने के बाद आपको थोड़ा सा इत्र ऊपर डाल देना है और उस पोटली को अब मौली से बांध दीजिए और फिर धनतेरस वाले दिन आप रखिए पूजा पाठ करिए और श्री सुक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए ये दीपावली वाले दिन तक करना दीपावली वाले दिन लक्ष्मी शुक्त के पाठ से आप लोग घवन करने के उपरांत इस पोटली को उठाइए और धन रखने के स्थान पर रखिए और नित्य इसमें आपको धूप दीपक वगैरह दिखाना रहेगा तो होगा क्या इससे होगा ये कि मां लक्ष्मी की प्राप्ति होगी आपको पूरे वर्ष कमी नहीं रहेगी कही कहीं ना मा कहीं माध्यम से जो धन आता रहेगा और इस माह को प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय है ये हम आपको बता दे रहे हैं तो शुक्रवार को शक्कर मिश्रित आटा ये आपको चीटियों को डालना रहेगा शुक्रवार वाले दिन ही शिवलिंग पर आपको दही से अभिषेक करना रहेगा गुरुवार को विष्णु साहेब का आपको पाठ करना रहेगा वहीं सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर आपको दूध से अभिषेक करना रहेगा शुक्रवार वाले दिन किसी कन्या को आपको कुछ मीठा टॉफी वगैरह चॉकलेट वगैरह आप लोग दीजिए कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले गुड़ का सेवन करके तब आपको निकलना रहेगा एक बात और बताना चाहेंगे कुंभ राशि के जातकों को कि शनिवार वाले दिन आप लोग सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए आपका मन बहुत हल्का रहेगा बहुत शांत रहेगा जो भी विघ्न बाधाएँ आएंगी हनुमान जी उसको दूर करेंगे तो ये तो था हमारा कुंभ राशि का अक्टूबर माह का राशिफल उम्मीद करते हैं हमारा ये राशिफल आपको पसंद आया होगा और उन्नीस बीस अक्टूबर को दिल्ली में मिलना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं फ़ोन कर सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स